नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे तुला राशि के जातकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं तुला राशि के जातकों नया साल आने वाला है और नए साल में नई शुरुआत आपको कैसे करनी चाहिए ये आज हम आपको बताएंगे साथ ही साथ देखिए आपके मन के अंदर भी जिज्ञासा होगी कि 2020 कैसा जाएगा तो तुला राशि के जातकों वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर ऑलरेडी पढ़ चुका है दूसरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक हमने दे दिया है आप लोग जा कर के देख सकते हैं और अंक ज्योतिष के अनुसार भी राशिफल हमारे चैनल पर पड़ गया है आप लोग जा के देख सकते हैं जनवरी का यह माह क्या कुछ नया लेकर के आया ये जानने की जिज्ञासा आपके अंदर भी होगी तो इसी विषय पर आज हमारी जो है चर्चा का विषय रहेगा कि जनवरी का राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए क्या कुछ रहेगा इस माह को कैसे प्रभावी बनाएं इस माह के लिए अनुकूल दिवस प्रतिकूल दिवस कौन कौन से हैं शुभ अंक कौन से हैं और अशुभ अंक कौन से हैं साथ ही साथ दर्शकों शुभ कलर आपके लिए कौन सा रहेगा तो हर एक विषयों के बारे में जानकारी देंगे आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहेंगे प्रस्तुत राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है आपकी और चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के गोचर के आधार पर आधारित है तो इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से आइए पहले इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं उसके बाद हम राशिफल की ओर आगे बढ़ते हैं तो तुला राशि के जात इस माह के जो सबसे प्रमुख व्रत एवं त्यौहार हैं तो छः तारीख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 ये आपके सेकेंड हाउस वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं गुरु शनि केतु ये राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य देव का इनका जो साथ रहेगा पंद्रह तारीख तक ही रहेगा देव गुरु बृहस्पति के साथ धनु राशि में शनि के साथ ये संचरण करेंगे पंद्रह के बाद ये मकर राशि में आ जाएंगे और बुद्ध आदित्य योग का निर्माण करेंगे वही शुक्र आपके जो लग्न के अधिपति बनते हैं पंचम स्थान अर्थात कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं राहु मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं तो इन्हीं ग्रहों के आधार पर नक्षत्रों के आधार पर यह राशिफल तैयार हुआ है तो चलिए दर्शकों फटाफट उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अब तक जय श्री राम का उद्घोष भी कर दिया होगा और हमारे इस वीडियो को आपने लाइक भी किया होगा तो देखिए दर्शकों जनवरी माह सबसे पहले तो यदि हम आपके जो है प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों की स्थिति शांतिपूर्ण रहेगी इस माह केवल लंबे समय के रिश्ते आपके कामयाब रहेंगे अपने साथी के साथ आपको बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है वहीं दूसरी ओर जो अविवाहित हैं इनके पास वास्तव में नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा अविवाहित लोगों को नए प्रेम के प्रस्ताव भी आएंगे और विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे इसलिए जन्म कुंडली आपकी ऊर्जा को एक अलग दिशा में ले जाने की सलाह दे, देती है तुला राशि के लिए जनवरी थोड़ा सा आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और संवेदनशील प्रकृति रखते हैं काम की बढ़ती गति की वजह से आपके पास अपने प्रिय लोगों के लिए अपनी पत्नी के लिए या अपने जो है प्रियतम के लिए पर्याप्त समय नहीं रहेगा इसलिए या कोई आश्चर्य नहीं है कि आपको उनके पक्ष से विश्वास की कमी मिल जाए तुला राशि के जातकों को ये जो समय रहेगा ये लड़ाई करने का जो है समय नहीं है कोई बहुत बड़ा कारण बन सकता है आप लोगों के बीच जो है झगड़े के लिए तो इससे आपको स्वयं बाहर निकलना होगा इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि दूसरों के द्वारा दिए गए कार्यों को आप बहुत ही अच्छे से करेंगे साथ ही साथ इस माह कोई प्रमोशन इत्यादि भी आपको मिल सकता है नौकरी बदलने के चांसेस भी इस माह सितारे इंडिकेट कर रहे हैं घर परिवार में किसी संतान का आगमन हो सकता है यदि आपके जो है मतलब घर में कोई मेहमान आने वाला है तो हो सकता है बहुत हद तक की चांस है कि आपके यहाँ कन्या संतान का जन्म हो तुला राशि के जातकों एक बात और बताना चाहेंगे कि पंचम स्थान जो होता है ये विद्या का बुद्धि का होता है तो इस माह चाहे जैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो आप अपने दिमाग से काम लेंगे और कभी किसी से झूठा वादा इस माह आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना रहेगा प्रबंधन करने के मामले में तुला राशि के जातक बहुत ही ज़्यादा आगे रहते हैं तो रोजी रोजगार में प्रगति होगी दूसरों को रोजी रोजगार दिलवाने में आपकी बहुत अहम भूमिका रहेगी आपको कार्यों में सफलता मिलेगी आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहीं इस भूमि भवन के कार्यों में सफलता मिलेगी किसी नए स्थान पर कार्यभार संभालने का सुअवसर तुला राशि के जातकों को प्राप्त होगा तुला राशि के जातको इस माह स्थायी संपत्ति की वृद्धि होगी उच्च पदस्थ व्यक्तियों से आपकी मित्रता बढ़ेगी अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा राजकीय भय यानी कि यदि आप सरकार पक्ष से भयभीत थे तो इस माह निराकरण होगा आपके जीवन में इस माह किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व का समावेश होगा जो कि शासन और सत्ता में आपकी पैठ को और भी ज्यादा सुदृढ़ कर सके आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा पारिवारिक जीवन का सुख आपको 15 तारीख के बाद से अच्छा मिलेगा प्रेमी युगलों में प्रगाढ़ता रहेगी विभागीय परीक्षाओं में यदि आपने एग्जाम दिया है तो उसमें सफल होने के बहुत हद तक की चांसेस है देव का जो गोचर रहेगा 24 जनवरी को अनिष्टकारक होने से यात्राओं में थोड़ी सी असुविधा करा सकता है नौकरी पेशा वर्ग को थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करा सकता है Uh, आपके सहयोगियों से जिनसे आपके बिजनेस हैं या जिनके साथ आप कार्य कर रहे हैं उनके साथ कुछ और बढ़ सकते हैं एक बात और बताना चाहेंगे कि घर में भाई बहनों के साथ भी आपकी किसी बात को लेकर के तूतू तू, -तू महमे या झड़प हो सकती है सेकेंड हाउस वाड़ी का होता है बहुत ही गुस्सा आपके नाक पर इस रहेगा तो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा आपको कूल करने की ज़रूरत है किसी के ऊपर बहुत अधिक आपको क्रोधित नहीं होना है कोर्ट कचहरी से मामलों में इस यदि आप फैसले की उम्मीद कर रहे हैं तो इसमें आपको निराशा हाथ लगेगी आपको डेट्स वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाएगी तारीख पे तारीख मिलेगी लेकिन कोई भी फैसला अभी इस आता हुआ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है साथ ही साथ आप लोग घूमने फिरने के लिए वीकेंड इत्यादि पर किसी ठंडी जगहों पर जा सकते हैं तुला राशि के जातकों एक बात और बताना चाहेंगे कि आपके घर में आपकी माता के ऊपर आपके धन का एक हिस्सा उनके स्वास्थ्य पर खर्चा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो कुल मिलाकर के ये जो चीजें हैं ये जनवरी माह में तुला राशि के जातकों के साथ होगी ही अब एक चीज और बता देते हैं अनिष्ट निवारण के लिए आपको कुछ उपाय बताते हैं इनको आप करिए सबसे पहले तो शनिदेव के मंत्रों का जाप स्टार्ट कर दीजिए फिर चाहे वो वैदिक मंत्र हो फिर चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो प्रतिदिन एक माला आपको शनि के मंत्र की करनी रहेगी दूसरा दर्शकों आपको प्रयास ये करना रहेगा मंगलवार वाले दिन और रविवार वाले दिन बेसन और गुड़ ये आपको गाय को खिलाना रहेगा नित्य केसर का तिलक मस्तक जिब्भा नाभि पर आपको लगाना रहेगा धन लाभ के लिए तुला राशि के जातकों प्रत्येक शुक्रवार को शिवलिंग पर आप लोगों को अनार के रस से अभिषेक करना रहेगा तो ये कुछ प्रयोग हैं जिनका जिनको आप करके अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं एक अंतिम प्रयोग और आपको बता रहे हैं प्रातःकाल जल्दी उठिए भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए और इक्कीस बार गायत्री मंत्र का पाठ सूर्यदेव के सम्मुख बैठ करके करिए इस माह के लिए जो सर्वाधिक आपके लिए शुभ दिवस हैं तो ये दो तारीख रहेगी तीन तारीख चार तारीख आठ तारीख ग्यारह तारीख तेरह तारीख सोलह तारीख अट्ठारह तारीख इक्कीस तारीख बाईस तारीख और अट्ठाईस तारीख इकतीस तारीख आपके लिए सर्वदा शुभ दिवस रहेंगे इसमें आप अपने अभीष्ट कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं वही प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तुला राशि के जात तो एक छः नौ पंद्रह सत्रह उन्नीस चौबीस छब्बीस और उनतीस तारीख आपके लिए प्रतिकूल रहेगी अच्छी नहीं रहेगी आपके भाग्यशाली कलर की बात करते हैं तो वाइट कलर आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली रहेगा और भाग्यशाली अंक की बात करते हैं तो दो और सात अंक हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी रहेंगे इन अंकों के प्रयोग के द्वारा आप अपने अभी कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं दर्शकों फटाफट देखिए आप लोग लाइक कीजिए इसके साथ साथ आपके शहर में हम आते रहते हैं आप लोग हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों टेलीफोन के माध्यम से भी यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें एक बार अवगत कराइए नक्षत्रों से जुड़ा हुआ हमने जो है एक श्रृंखला बनाई है उसको आप लोग हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों वार्षिक राशिफल ग्रहों का गोचर व राशि परिवर्तन ये भी हमने बना दिया है अंक ज्योतिष राशिफल जुपिटर का ट्रांसिट सनी का ट्रांसिट सब कुछ इस चैनल पर पड़ा है बस आपको जा करके देखने की आवश्यकता है दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में और इस उम्मीद के साथ कि आपने अभी तक जय श्री राम जरूर टाइप किया होगा जय जय श्री राम